जय मसीह के दोस्तों परमेश्वर आपको आशीष दे आज की जो वीडियो है पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र जो दूसरा त्रिस्तों दो की एक से बारह में लिखा है ये शैतान का प्रतीक है मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत समझाऊंगा और इससे आपको पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम देर नहीं करेंगे फटाफट वचन पढ़ेंगे बचन में लिखा है दूसरा त्रुषियों दो अध्याय और एक से बारह तक इसमें लिखा है भाईयों ये पोलुष बोलते हैं हे hey भाइयों अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे बिनती करते हैं कि किसी आत्मा या बच्चन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ किसी रीति से किसी के धोखे में आना क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो देखिए दोस्तों ये जो पत्री है आज से लगभग 2000 साल पीछे की है तो वो समय ये जो पॉलुस है जो क्लेसिया है उनको समझा रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ लोग थे उनको लगता था कि प्रभु का दिन शुरू हो गया है और वो इसी साल में या इसी महीने में आने वाला है उनको ऐसा लग रहा था तो आज से ये क्या है 2000 साल पहले की बातें हैं लगभग मान लीजिए 2000 साल मतलब पहले की बातें हैं मैं अंजादा बता रहा हूं जब वे पत्र लिखा गया था उस समय अब कितने मेरे ख्याल से 2000 लगभग हो गया है ना 2000 साल क्या हो गया ये हो गया पूरा इस वचन को लिखे हुए तो उस समय के बात ये अभी हमारे समय में क्या मायने रखती है ये क्या बोल रहे हैं मान लीजिए अगर ये आ, पचास में साठ में सत्रह में भी लिखा होगा ये है, तो उस समय से लेके समझ लीजिए ले ये, ये 2022 चल रहा है तो मतलब 22 साल निकाल दीजिए मतलब लगभग 2000 साल समझ लीजिए ये उस समय की बातें हैं तो इसके बारे में ये बता रहे हैं तो ये मैं वचन पढ़ने के बाद मैं आपको समझा जो विरोध करता है और हरेक और हरेक से जो ईश्वर का पूज्यले कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे कह तुम जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो क्योंकि अधर्म का भेंट अभी भी कार्य करता है पर अब अभ, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा तब वह होगा, जिसे प्रभु प्रभु अपने अपने मुंह मुंह की की फूंक फूंक से से मार डालेगा। से मार डालेगा, डालेगा यीशु और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा और आगे हम देखते हैं बचन में उस अधर्मी का आना शैतान के कार्यो का के अनुसार सब प्रकार के झूठी सामत और चीन और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उधार होता इसी कारण परमेश्वर उनमें से एक भटक देने वाली सामत को भेजेगा कि वो झूठे की प्रतिति करे ताकि जितने लोग सत्य की प्रतिति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वो सब डर पाए तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इस वचन से समझाता हूँ देखिए इसमें तो पलु समझाते हैं और कहता है कि वो एक पुरुष है जो पाप का पुरुष है वो एक व्यक्ति है और विनाश का पुत्र भी वो एक व्यक्ति है एक व्यक्ति का मतलब एक आत्मा के रूप में हो गया जैसे दुष्ट आत्माएं होती हैं, वैसे सौरदूत क्या है दुष्ट आत्माएं जो बाद में बन गए वो सब क्या है शैतान के लिए कार्य करते हैं ये कोई पाप का जो पुरुष है ये क्या है आत्मा को दर्शाता है जो एक शासक के रूप में आएगा और यहाँ पर क्या है लिखा है वो दिन आने से पहले क्या होगा धर्म का त्याग होगा इसको आने से पहले क्या होगा धर्म को त्याग होगा और वो पाप का पुरुष कहलाएगा और विनाश का पुत्र यहाँ पे पुरुष उसको कहते हैं और यहाँ पे है? जो विरोध करता है ये क्या करेगा परमेश्वर का विरोध करेगा और अपने आप को क्या करेगा ईश्वर बताएगा जो पूजनीय कहलाता है वो बड़ा ठहराता अपने आप को बड़ा ठहराएगा और वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ अपने आप को ईश्वर ठहराता देखिए परमेश्वर के मंदिर में बैठ कर अपने आपको ईश्वर परमेश्वर का मंदिर कौन है हम लोग तो यहाँ पर क्या है पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में क्या परमेश्वर ने दिया हैत्मा है जो क्या करते हैं हमारी मनो को बदलते देखिये इस उमस से जब पास जब शैतान आया था जब परीक्षा हुई थी तो उसको मनम आया था ये अः जैसे फोटो में हम देखते हैं ना कि उसका डूम होता है उसका सिंग होता है वो ऐसा नहीं होता है वो क्या है एक अच्छा खासा सुंदर पुरुष का रूप भी धर सकता है एक एकदम एक व्यक्ति का रूप एकदम अच्छे से जैसे आपको क्या लगेगा कि वो कोई व्यक्ति है वो क्या है किसी व्यक्ति के रूप में भी वो आपके पास आता है है ना तो शैतान एक, तो एक आत्मा है और वो क्या है आपके मनो को बदलता है तो क्या है वो एक आत्मा है अब मंदिर क्या है हम लोग परमेश्वर का मंदिर क्या है हम लोग है तो वो हमारे जीवन में भी क्या करेगा वो हमारे मनों में बैठ कर क्या करेगा अपने आप को ईश्वर ठहराएगा जैसे आपको लगेगा ना कि मैं सही तरीके से चल रहा हूँ तो पर क्या है ये घमंड होता है और ये क्या है शैतान का सारे कार्य होता है जो मंदिर जो है जो आपके अंदर बैठ के कार्य करता है तो ये क्या है शैतान का ये शैतान का प्रतीक है जैसे परमेश्वर पुत्र प्रभु यशु मा का प्रतिरूप थे ये विनाश का जो पुत्र है ना वो शैतान का है क्या है प्रतिरूप है एक जो जो और यहां पर मैंने रेड रेड किया है उसी के बारे में आपको बताऊंगा तब वो अधर्मी प्रगट होगा ये अधर्मी क्या प्रगट शैतान से आने से पहले शैतान को यहाँ पर आने से पहले क्या होगा ये अधर्मी क्या होगा प्रगट होगा प्रभु अपने जिससे प्रभु अपने मुंह के फूंक से उसे मार डालेगा आगमन के तेज से क्या कर देगा प्रभु भस्म का देखिये ये जब आधर्मी आएगा ना अधर्मी इसका नाम ही क्या है अधर्मी धर्मी का मतलब को तो आपको अच्छे तरह से समझ में है ना जानी उसके लिए कोई नियम कोई कानून नहीं है वो जो चाहे वो कर सकता है ये जो पाप का पुरुष या विनाश का पुरुष कहा गया है ये जो चाहे कर सकता है किसी को भी मरवा सकता है ना किसी को भी जेल में डलवा सकता है मतलब जिसके जो जितना गलत काम है ना ये कर सकता है ना पर जब हमारे प्रभु ये, ये किसके किस साथ जेल में डलवाएगा ये पाप का पुरुष है जो शैतान का प्रतिरूप है जो प्रतीत है सैतान का तो ये क्या है अब इसके अंदर इतना सामत भी है क्या है इसके अंदर इतना सामत है क्या क्या सामत है देखिये यहाँ पर लिखा है ए, उस धर्मी का आना धर्मिकातान के कार्यो के अनुसार सब प्रकार की चीन और अद्भुत काम भी करेगा मतलब समझ लीजिए इसके अंदर कितना शक्ति है ये झूठे क्या है सामर्थ भी है इसके अंदर और ये क्या है ये झूठा चीन भी है और झूठे अद्भुत काम भी करेगा जो अपने आपको क्या बनाएगा ये मसीहा जैसे ईसु मसीह है ना यसु मसीह ने बहुत बड़े बड़े काम किए ना उनसे भी बड़े हो सके ये उनसे भी वो बड़े काम करेगा क्योंकि इसके इसको क्या क्या है ने दे रखा प्रकाश से बकाश में हम पढ़ते हैं तो इन सबको सामथ दे रखा है क्योंकि जो सच्चे मसीह हैं ना वो प्रभु के लिए ठहरे रहे मतलब प्रभु में बने रहे और जो झूठे मछी हैं क्या वो भटक जाए क्यों क्योंकि शैतान का प्रतीक है क्या है जो झूठे मछी होते हैं और इसमें क्या होता है झूठे पास्टर लोग भी शामिल है ये इनके अद्भुत काम से क्या करेंगे ये ये जो झूठे पास्टर पास्टर और झूठे मसीह लोग हैं ये क्या हो जाएंगे भटक जाएंगे तो इसमें आप क्या करें आप संसार में देख रहे हैं बहुत सारे झूठी आत्माएं हैं जो अद्भूत प्रेत है बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो अद्भुत काम कर रहे हैं ना मतलब अः के द्वारा दुष्टात्माओं के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो ये क्या झूठी शिक्षा भी देगा ये मतलब सारी बातें धर्म का मतलब सारे बातें ये थूस थूस के क्या कर देगा लोगों में भर देगा ना? और प्रभु यी के ना और जो बच्चन में हमने पढ़ा था, क्या बताएगा? ये अपने आपको बनाएगा। ये मैं हूं, मुझे ही और है ना और यशु मसीह को और परमेश्वर को झूठा ठहराएगा है ना उनसे निंदा करेगा उससे क्या है ये जलन इतना जलन रखेगा कि लोगों को क्या करेगा जेलों में डलवा देगा और उनको जान से मरवा भी देगा बस यशु मसीह का कार्य नहीं होना चाहिए इसका मकसद यही है ये अपना मकसद पूरा करेगा और अपना मकसद के बारे में आपको बताइए शैतान है ना शुरू से क्या वो बनना चाहता था परमेश्वर क्या बोला कि मैं के समान बनूंगा है ना ऊंचे ऊंचे बादलों को बैठूंगा मतलब उसके अंदर घमंड आया था क्या घमंड मान लीजिए कोई मनुष्य है दो मनुष्य है है ना एक के बाद बहुत ही ज्ञान है और एक अभी अभी क्या है सीखने के लिए मान लीजिए एक दो मनुष्य है और एक क्या है एक टीचर के पास पढ़ रहे हैं ना तो मान लीजिए वो टीचर है उसके अंदर जितना ज्ञान है वो अपने क्या करता है शिष्य को पढ़ाता है समझाता है और वो जब शिष्य सीख जाएगा तो क्या बोलेगा कि ये मास्टर से भी मैं अच्छा क्या बनूंगा आ, मास्टर बन जाऊंगा तो वैसे शैतान के अंदर घमंड आ गया।, गया था क्या घमंड आया था वो स्वयं ठहराना चाहता इसलिए उसको के बाहर निकाल दिया लोग होंगे और ये झूठे भविष्य होंगे और ये, ये अद्भुत काम करेंगे और इनका मुखिया जो है ना ये है पाप का पुरुष इनका मुखिया क्या पाप का पुरुष है जिसे बिनाश का हम क्या कहते हैं कहते हैं जो यहाँ पर पॉलुष कह रहा है ना और यहाँ पर लास्ट में यही बात लिखा है जितने लोग सत्य के प्रतीत नहीं करते हैं अधरम से प्रसन्न होते हैं क्या होते हैं अधर्म से प्रसन्न होते हैं अधर्म का मतलब क्या है अधर्म का मतलब क्या है आज बहुत से विश्वासी या पास्टर लोग अनजाने में या जान भी क्या कर रहे हैं अधर्म के काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो अधर्म की काम कर रहे जान बुझ उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं तो भी वो उससे प्रसन्न हो रहे क्या लोगों को भटका रहे हैं आज क्लेशिया क्यों टूट रही है क्लेशिया आगे क्यों नहीं बढ़ रही है आज ये जो भारत हमारे भारत देश के जो मछी लोग हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे क्यों वहीं के वहीं पर अटके हुए आप क्यों शुभ समाचार नहीं फैल रही है क्योंकि क्या है शैतान ने ये जो पाप का पुरुष है इनके अंदर क्या है झूठे शिक्षा भर दिया क्या झूठी शिक्षा क्या है मान लीजिए किसी के पास बीस विश्वासी है, है, तो हैं तीस विश्वासी हैं तो उन्हीं के लेके बैठे रहेंगे आगे क्या है वो नहीं सोच रहे आगे के बारे में प्रभु के शुभ समाचार के बारे में नहीं सोच रहे आज कितने विश्वासी कितने पास्ट लोग नए नए लोगों से जाके मिलते हैं नए नए लोगों से प्रभु के बारे में बताते अगर आप प्रभु के बारे में बताते हैं तो आपको प्रभु आशीष दे पर सुनिए चाहे आप पास्टर हो चाहे विश्वासी हो अगर आप प्रभु के शुभ समाचार को प्रचार नहीं कर रहे हैं नए नए लोगों को नहीं बता बता रहे हैं और जितने आपके पास विश्वासी पहले थे और उन्हीं को आप लेकर बैठे हैं तो आप क्या है? इस पाप के पुरुष की जो शिक्षा है जो इसका झूठा सहमत है आप उसकी लोभ में फंसे हो आपको इसके इससे क्या है ना बाहर निकलना है जिस दिन आप बाहर निकलेंगे प्रभु आपको आश्रित देगा और आगे बढ़ा दे प्रभु की सेवा करने का मतलब है दुख उठाना प्रभु की सेवा करने का मतलब है उठाने का, मतलब सेवक सेवक का, मतलब का मतलब क्या है दुख को उठाना और आज हम क्या है अपनी सुख विलाप में पड़े हुए अपने ही बारे में सोचते हैं हमारी बच्चे की पढ़ाई कैसे होगा हमारे बच्चे आगे बढ़े और हमारी जो घर है वो घर बन जाए है ना हमारे बच्चे के शादी विवाह हो जाए है ना जो मैं काम कर रहा हूँ जितने बड़े पोस्ट पे हूँ वो मेरे बच्चे करे और कोई नहीं करे तो ये क्या अपना है अपना सुख है इसमें अगर आप फंसे हो तो आप इससे बाहर ना तो पाप का जो पुरुष है वो आपके जीवन में कार्य कर आप अपने आपको जांच के दिखे और यहाँ पर लिखा है लास्ट में यह लिखा था वो सामतियों को भेजेगा यहाँ पर क्या लिखा है इसी कारण परमेश्वर उनमें से हर एक भटका देने वाली सामत को भेजेगा कि वो झूठे की प्रतीत करे देखो यहाँ पर 10 दस मिलकर नाश होने वाले के लिए धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा क्योंकि उन्होंने नाश होने वाले ना तो आप क्या करो सत्य के प्रतीतित मत करो अगर आप झूठ बोलते हैं अपनी कलेषिया को गलत शिक्षा दे रहे हैं उनको आगे प्रभु के शुभ समाचार आगमन के बारे में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप क्या करें झूठ की कर रहे हैं आप प्रभु से सत्य से प्रेम नहीं कर रहे हैं और अगर हम सत्य से प्रेम करेंगे तो हमारा उधार हो जाएगा इसी कारण परमेश्वर मुशहरे को भटाकर देने वाले सामत को भेजेगा कि वो झूठे की प्रती करे क्या करे वो झूठे बातों पर विश्वास करे इसकी बातों पर विश्वास करे तब अगर आप इसकी बात में विश्वास करते हैं तो आपका उदाहरण क्या हो जाएगा रुक जाएगा यहां में है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीम से प्रसन्न होते, होते कि सत्य को तो धर्म धर्मी के तो क्या बोलते हैं वो धर्मी की क्या करते हैं भेस बदलते हैं पर वो फाड़ने वाले क्या होते हैं भिड़िया होते तो यह धर्म से क्या है प्रतीतिक है ना ओ, क्या करेंगे अपने आप को सेवक बताएंगे पर वो सेवक नहीं होते वो सब क्या होंगे डर पाएंगे अगर आप प्रभु ईसम से के शुभ समाचार का कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं सच्चे मन से नहीं कर रहे हैं और आप झूठ में लपटे हैं तो आप भी डर पाओगे चाहे वो आप कितना बड़ा भी पास हो चाहे कितना बड़ा विश्वासी हो अगर आप प्रति प्रभु के बच्चन को सही से प्रचार नहीं करते हैं उसकी मेन प्रभु का प्रचार क्या है आगमन प्रभु के आगमन के बारे में बताइए उसके शुभ समाचार के बारे में बताइए ताकि ताकि सबको मौका मिल सके मन फिराने के सबके पास शुभ समाचार भेजे अगर आप नहीं भेजते तो ये जो है पाप का पुरुष है ये क्या है आपके जीवन में कार्य कर रहा है तो आप अपने आप को जांच कि क्या पाप का पुरुष मेरे अंदर भी कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर आपके अंदर कार्य करना है तो आज ही उस कार्य को छोड़ दीजिए जो आप झूठ जूट, झूठी शिक्षाओं से कर रहे हैं मगर आप कोई पाप कर रहे हैं धर्म में भटक रहे हैं तो आप उसको देखिए प्रभु आपको छोड़ना नहीं चाहता शैतान का स्वरूप है इसकी बातों को ना माने आप कोई भी पाप करते हो कोई नहीं आज ही छोड़िए प्रभु के सामने घुटने टेकि प्रभु आपको माफ करेगा जरूर माफ करेगा प्रभु ठीक है क्योंकि प्रभु आपके लिए क्या किया आपको कुर्बान किया आपने आपको दे दिया क्यों क्यूँ दया मैं एक कहानी बताता हूँ आपको याद है मरकु पांच में आ, क्या लिखा है वहां पर एक थे और पता है उसको निकाला आप पर, इकालने से पहले वहां पर लिखा है कि उन्होंने कहा दुषमाओं ने कहा कि हमें सोरों में जाना था पता है प्रभु येसु मसी कहा ठीक है सूरों में चल जाओ और वो सोरों में चले गई और सब डूब के मर गई एक मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु येसु मसीह ने कितने सोर को कुर्बान कर दिया मरने दिया 2000 2000 दो, हजार, दो हजार मर गए 2000 का आप दाम जोड़ेंगे ना आज के डेट में तो पता कितने होता है 10 करोड़ रुपया होता है एक आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दस हजार की दस हजार करोड़ की संपत्ति को क्या किया जाने दिया सॉरी दस हजार करोड़ नहीं 10 करोड़ होता है क्या होता है दस करोड़ क्या है संपत्ति खत्म हो गया एक आत्मा को बचाने के लिए एक मनुष्य को बचाने के लिए जब सोरों शोरों दुष्माओं ने बेनती किया हमें सोरों में जाने दे और दो हज़ार का झोंड़ था और पता है वो झूंड डूब के मर गई और ये वो मनुष्य बच गया उसको बचाने के लिए क्या किया एक, एक दस करोड़ क्या संपत्ति जाने दिया मतलब दस करोड़ एक आत्मा को बचाने के लिए और आप सोचिए कि आपसे कितना आत्मा खो गई है कितने लोग विश्वास में आए और आपकी गलतियों के कारण क्या है वो भटक के संसार में चलेंगे अगर आपके जीवन में है तो अपने आप को न नाते आप क्या करेगा प्रभु तो जब आएगा तो आप उसके सामने क्या कहेंगे हे प्रभु हमने आपके नाम से दूसरा नहीं किया बीमारी को चंगा नहीं किया तो प्रभु साहब कह रहेगा हम तुम्हें नहीं जान तुम्हें जान नहीं साहब अगर वो चाहते हो कि आपको जाने तो आप अपने जीवन को सुधारे और सही तरीके से प्रभु को प्रभु के काम को कीजिए ठीक है तो प्रभु आप इस अब प्रभु क्या करे आपको इस वचन से आशीज दे